हेलो फ्रेंड मैं सचिन मेरे चैनल एसकेर टैकवर्ड में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम वी लोकअप कैसे यूज़ करें फ्रेंड वीलोकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप फ्रेंड एक्सेल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो फ्रेंड देखते हैं फ्रेंड हम वी लोकअप का यूज़ करेंगे फ्रेंड वी लोकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप वर्टिकल लुकअप मतलब कॉलम वाइज इसको यूज़ करते हैं जैसे सपोज हमारे पास कोई टेबल है या हमारे सीरियल नंबर है एम्प्लॉय नेम है एड्रेस है डेजिनेशन है बेसिक है और नेट सेल है अभी फ्रेंड हमें यहाँ पे सपोज़ इस एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करना है वी लुकअप के थ्रू तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए फ्रेंड हमने एक टेबल और ली यहाँ पे सीरियल नंबर एम्प्लॉय नेम और नेट सेल ले ली इस टेबल में से कुछ कॉलम ले लिए यहाँ में वी लुकअप यूज़ करना है तो सबसे पहले इक्वल टू आप व्ही लुकअप लिखेंगे आप इतना लिख के ही कीबोर्ड से टैप प्रेस करेंगे ये इस तरह से आ जाएगा सबसे पहले फ्रेंड लुकअप वैल्यू देनी है तो ये लुकअप वैल्यू हमारी टेबल में फोर्थ पोजिशन पे है आप अपनी टेबल के अकॉर्डिंग ही देखेंगे तो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग पे ये एम्प्लाई नेम जो है फोर्थ रो में है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फोर्थ आएगा कॉमा फिर कह रहा है टेबल एरे टेबल एरे में फ्रेंड आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है कौमा कॉलम इंडेक्स नंबर फ्रेंड कॉलम इंडेक्स नंबर पे आपको ये देखना है जिस पर्टिकुलर को आपको फाइंड आउट करना है वो किस कॉलम में है उसका क्या इंडेक्स नंबर है आपको अपनी टेबल के अकॉर्डिंग देखना है तो वन टू ये सेकंड इंडेक्स है तो यहाँ आप टू लिखेंगे कॉमा अब जिस पर्टिकुलर वर्ड को नेम को या जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वही वर्ड एग्जैक्ट मैच करना है तो आप फॉल्स यूज़ करेंगे उससे मिलता जुलता भी अगर मैच करना है वो भी आए तो आप ट्रू यूज़ करेंगे आप ट्रू के लिए वन यूज़ कर सकते हैं फॉल्स के लिए जीरो यूज़ कर सकते हैं तो अभी हमने यहाँ पे जीरो यूज़ किया और ब्रैकेट क्लोज़ किया एंटर करेंगे तो फ्रेंड ये नेम यहाँ पे शो ऑफ हो गया तो इसी तरह से फ्रेंड आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पर इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं